कैंडल जलाने की परंपरा अंग्रेजों की है कि लड़की के साथ कोई अत्याचार है कैंडल कैंडल हमारे यहाँ लंका जला दिया जाता है कैंडल नहीं